लेकिन अगर अल्लाह तबारक वाल किसी चीज का बार बार तज़करा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है उन चीजों में से एक चीज सबर है कुरने पाक ने सौ से ज्यादा मरतबा सबर का तज़करा फरमाया है इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि सौ से ज्यादा मरतबा कुरने पाक ने तस्करा किया है सबर का मुख्तफ अंदाज में कहीं फरमाया कि वरीन ए मबूब सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दी थी कहीं फरमायान अला हमारे बेशर करने वालों के साथ तो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह तब्र का तस्करा फरमाया सोसाइटी के अंदर माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सबर को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी न सिर्फ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है चाहतों वाली हो गई है हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गया थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीजों को टूटने से बचा लेता कुरान मजीद की जो आया करीबा मैंने तिलावत की यह सूरा आमरान की आखिरी आयत है अल्लाह तुम ने फरमाया ईमान वालोर करो साबिर बनो ए ईमान वालो सबर करो और साबिर बनो क्या मतलब पहले सबर का मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई जती तकलीफ पहुँचे तो उस पर सब्र करो वसा भी इसका मानना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ आए तो उस पर भी सबर करो फिर फरमाया व और हमेशा कमर बस्ता रहो इस्लामी सरहदों के पैरेदार रहो अल्लाह से डरते रहो ला तुफली इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे तुम फला पा याजीना नुस्सविरू व साबिर ऐमान वालो सबर करो और साबिर बनो सबर करो साबिर रहो यानी जो जतीी तकलीफ आए उस पर भी सबर करो और का माना सामने से आने वाली तकलीफ अगर बीमारी आ गई कोई परेशानी आ गई कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया तो ये ज़ाती तकलीफ है इस पर भी सबर करना और अगर अपनों ने बेगानों ने कोई तकलीफ पहुंचा दी कोई अजियत दे दी वो अजियत कई सूरतों में हो सकती है ताना भी एक अजियत है तंज भी एक अजियत है किसी शख्स का किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अजियत है और मुकाबले में खड़े हो जाना लड़ाई करना ये भी एक अजियत है पर भी सबर करो वा भी तू और इस तरह करो कि कबर बसता रहो जद्दोजहद करते रहो तख्ला से डर को ताकि तुम कामयाब हो जाओ सबर जब आप करते हैं ना और सबर का इरादा करते हैं तो अल्लाह तबर तो की तोफीक भी यथा फरमाता है। हमने यह देखा है कि हमारे पास नियमतों की कमी नहीं हमारे फरीजर खुराक से भरे हुए हमारे दस्तरखानों पे पर अनवाकसाम की चीज़ें चुनी हुई हैं हमारी अलमारियों में कई कई हमारे लिबास तैयारशुदा लटके हुए हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया है लेकिन इसके बावजूद जो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे जो एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे तो उसकी वजह ये है कि सबर नहीं रहा हौसला नहीं रहा किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा और फिर चूंकि उम्मत मुसलिमाने इनकलाब बर्पा करना था दुनिया को पैगाम हक़ देना था अगर इनके अंदर हौसला ही नहीं होगा अगर इन्हें सब्र ही नहीं करना आएगा इस्तकत ही नहीं होगी कहीं रुकना ही नहीं आएगा तो ये मैदानों को सर कैसे करेंगे कामयाबियाँ कैसे इनका मुकदर बनेंगी रमजान मुबारक में भी माहौल ये हो कि इफ्तारी से एक घंटा पहले नजर पूरी टिक जाए घड़ी पे और थोड़ा सा भी सबर मुश्किल हो और रमजान मुबारक में सैरी के वक्त में अगर दही वाली दुकान पे भी झगड़ा ही हो रहा हो और शाम को सामान खरीदने में भी अगर बहस ही हो रही हो तकरार हो झगड़ा हो तो फिर सीखा क्या फिर जो हमें तरबियत दी जा रही थी हमने सबर करना है तो फिर हमने उसमें हासिल क्या किया हदीस पाक सुनेंगे आपकी तबीयत तो बड़ी ठंडी होगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशाक फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ अपनी बारगाह से अता फरमा जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा और फरमाया जो सबर का इरादा करेगा अल्लाह उससे सबर की तोीक़ भी अता फरमा देगा इरादा तो करे प्रोग्राम तो बनाए तोफीक तो अल्लाह देगा जो सबर का इरादा करेगा अल्लाह सबर की तोीक़ भी अता कर देगा रजू सल्लाम फरमाने लगे याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे तेबर अता फरमाया ये बेहतरीन तोहफा है इससे ज़िंदगी सबर जाती इससे इंसान बावकार और मुतमिन हो जाता है इससे उसके शब व रोज आसानी से बीतते वो दुनिया की पकडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाहे अली मरतबत में सरखरू होकर हाजिर हो जाता लेकिन अगर बेहसला हो सबर ना हो फिर नुकसान रोज बरोज बर बढ़ता है और फिर मेरे रसूल पाक सल्लाह इर्शाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह तीस बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए अब रब क्या करता है अल्लाह तक माल की जान की औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता उस मुसीबत पर वो बंदा सबर करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है आमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो वो अमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था तो उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज्यादा ना कर सका कसरत से नफली सोमो सलात का बंदोबस्त तो ना कर सका थोड़ा सा सबर किया रब ने अपना और अपने महबूब का फरमा दिया तो ये तो ये आप सबर करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया ये सबर तो वो वाला सफर है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं सबर छोड़ जाते हैं परेशानी बढ़ जाती है पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है तो एक तो ये कि जातीय सीए से सबर करे एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो आमन नुस्बिरू व साबिरू आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर तलवारें असल बंदूकें ये नहीं ज्यादा लड़ती मैदानों में हौसले लड़ते हैं मैदानों में सब्र लड़ता मैदानों के अंदर तो लड़ती हैं मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं था मैदान करबला के अंदर जुल्म का सबर से मुकाबला था फ़तः के डंके यजीद ने बजाए थे जशन इब्ने जियाद ने मनाया था लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फ़तः उता फ़रमाई है तो वह हुसैन इबन अली के सबर को अता फ़रमाई इमामे मकाम के सबर को मिली अजीज भाई सबर ही हमेशा फाते होता है सबर ही जीता करता है सबर ही कामयाबियां देता है नतीजे सबर के निकलते हैं सबर के हौसले के नतीजे होते हैं हमारी जल्दबाजी हमें शिक्ष खुरदा कर देगी हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहसला हो जाएंगे सुनो मेरे नबी पाक अली सलाम ने तरबियत की जूर अपनी उम्मत को दर्श देते हैं, हैंजूर फरमाते हैं पहले तो कोशिश ही ना करो कि तुम्हारी दुश्मन से लड़ाई हो इस चक्कर में ही ना पढ़ो कि लड़ाई हो मुसलमान अमन वाले हैं ये पुरमन लोग हैं ये अमन पसंद है ये दाइय अमन है ये माशरे में मोमिन होना अमन की अलामत है फरमाया पहले तो ये प्रोग्राम ही ना बनाओ कि तुम्हारी लड़ाई हो और फरमाया फिर अगर हो जाए ना तो फिर सबर के साथ मुकाबला करो फिर डट के मुकाबला करो और फिर याद रखो कि ये जो जन्नत है ये तलवारों के साय में है जन्नत तलवारों के साय में तुम्हें मिलेगी फिर डटना सीखो पहले तो बात यह कि तुम ये इरादा ही ना करो लड़ाई और अगर कभी हो जाए वह लोगों को बताओ कि हैं हम पुरमन लोग पर दिन के लिए खड़ा होना हो तो फिर हमसे ज्यादा किसी को खड़ा भी नहीं होना आता फिर हमसे ज्यादा किसी के पास ताकत भी नहीं हजरत मौलानी शेर खुदा रगी तनों के जमाने में ज़मानेफर के साथ एक जंग हो रही थी तो काफिरों ने ना जासूस भेजेगा यार पता तो करो मुसलमानों की तैयारी किस तरह की है तो जासूस वापस जाके कहने लगा समझ कोई नहीं आई उनकी वो तो राहब किस्म के लोग हैं सूफी किस्म के लोग हैं वो तो कटे हुए हैं दुनिया से मुसलमों में बैठ जाते हैं रात को तो लगता है दुनिया से ताल्लुकी कोई नहीं लेकिन सवेरे उठ के मैदान में तलवार लेके निकलते हैं तो लगता है इनसे बड़ा मुजाहिद ही कोई नहीं ये अजीब लोग हैं कि रात को मुसल्ले में बैठे तो लगता है कट गए दुनिया ये सूफी लोग हैं दरवेश हैं यही मुसलमान की शान है हो हल्का यारा तो बरे की तरह नर्म रिसमे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन इधर आशितमगर होना आजमाए तू ती हम जिगर आजमाए हम तुझे अपना हौसला बताते हैं कितना देख हमारे हौसले से टकरा के देख ये कितना ताकतवर और मजबूत है तो अजीज भाई अगर जिंदगी में आपको सब्र करना आ गया मैं मैं बड़े दिनों से यौनवा नाथ बयान कर रहा हूँ और आज तो खसूस तौर पर रमज़ान शरीफ के इस जुमे में मैं अपील करना चाहता हूँ आपसे कि कमज़ोर बातें करनी छोड़ दें मायूसी के जुमले अपनी जिंदगी से निकाल दें हम मुसलमान हैं आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है गुना माफ होंगे अगर अल्लाह तक फकीर बना दिया गरीबी आ गई तो है तो यह भी फजल है अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे अगर अल्लाह तबारक वाले ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैदना बिलाल अब अगर किसी जगह कोई कमजोरी आ गई है कोई पीछे रह गए हैं तो यह खुदा का फजल है अल्लाह तक चाह हमारे लिए जो फैसला तो हम उस पर राजी हैं लेकिन अपनी जिंदगी में और शिक्वे इतने बढ़ा लिए हमने इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए गुलाम भी कभी शिकवा करता है आका का भी शिकवा होता है बंदा भी कभी शिकवा करता है रब का भी शिकवा होता है ये भी कभी होता है आप न माने पर ये शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं आराम नहीं आया न माने पर ये शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते आप न माने पर ये शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया न माने पर यह शिकवा है किससे कर रहे हो रब रसूल से ओ हस बोले थे ओ दी मेहरबानी असा ते लाट ही लडावणे ने किससे शिकवा कर रहे हो खुदा के बंदो गुलाम गुलामी करते हैं शिकवे करते हैं कोई हजरत उम्म सलमा तौहर का नाम है अबू सलमा बेटे का नाम है सलमा कहती हैं मैं मेरा शोहर मेरा बेटा तीनों छोटा बेटा मेरा हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तयबा जाने के लिए एक की बेटा है ख़ानदान जमा है शोहर की गोद में बेटा ऊँट के पीछे मैं फरमाती है, मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए कहने लगी अबू सलमान नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ मैं तो अपने शोहर के साथ मदीना जाऊँगी मेक नहीं जा सकते तूने जाना है तो जा हमारी बेटी नहीं जाएगी ज़बरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शोहर से अलग किया कहती हैं फिर मेरे शहर के कबीले वाले आ गए वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है तुम्हारा नहीं इसे हम नहीं जाने देंगे वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे मैं अपनी तरफ खींचती थी मदीने की सरहद पे ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा मकान के लिए नहीं हो रहा हजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा हजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा मदीने जाने के लिए हो रहा लंग कई महीने ते बरस गए तो तेरी दीद में दीदी तरस गए उन्होंने बच्चा खींचा मैंने अपनी तरफ खींचा मेरे बच्चे का बाजू उतर गया फरमाती है मेरे शोहर मदीने चले गए बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए मुझे मेके वाले ले गए आज भी कुछ सियाणे बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा ये भी वापस आ जाएगी और यार इतना बड़ा भी ालम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के मैं मेके चली गई लोग रोटी खाते थे मेरे हलक से नहीं गुजरती थी जमाना सोया करता था मैं सो नहीं पाती थी बेटा कहाँ शोहर कहाँ मैं कहाँ उनमें सलमा कितनी देर तकलीफ काटी सलमा कहने लगी लोग एक दो दिन नहीं पूरा साल बीत गया पूरा साल पर जे सोना ही मेरे दुख बच रहा सोना मारो मारो मार मैं कोई उजर ना पेश लिया आवा वो जे सोना ही मेरे दुख बच रहा फिर सुख नुले डाव फरमाया साल बीत गया लोग सुबह उठ के काम काज पर लग जाते कपड़े बदलते ड्यूटियां करते और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शोहर और मेरा बेटा बिछड़ा था मैं सारा दिन रोती आ गुजारी करती हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती साल बीत गया साल एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर बड़े बड़े सियाने लोग प्रदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं लेकिन कहती है माँ थी बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो तकलीफ का मंजर है आप फरमाती है कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की मैंने कोई शिकवा नहीं किया इसलिए कि जिस हाल में राह रसूल रखे हौसला तो साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं इसका शोहर चला जाए बेटा जुदा हो जाए वो क्या करेगी फरमाते उसने जाके मेरे बाप से अपने वाली से मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी इस गरीबनी का कसूर यह है कि यह मदीने वाले का कलमा पड़ती है इसकी गलती यह है कि यह मुसलमान हो गई है इन्हें हक कबूल कर लिया क्यों नहीं तुम ख्याल करते कहते उनके दिल नरम हुए वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने पर फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पे गाम भेजे कब बस करो और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है वो भी नरम हुए रब ने असबाब बनाए मेरा बेटा मुझे मिला कहें लगे तू रह जा मैंने कहा नहीं तुम मुसलमान नहीं हो तुम्हें पता नहीं ना मैं यहाँ नहीं रह सकती मुझे मदीना ही जाना है अकेली इतना सफर जंगलों का रास्ता पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी मैंने कहा मैं कर लूंगी जिन्होंने वेग के ठर दखियां ने जिन्हों वेक के ठर दीना है रब्बा तेरी सारी खुदाई एक की मदीना है कहते मैं ऊंट पे बैठी बेटा मैंने गोद में बिठा लिया मैं सफर करने लगी पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर बेटा छोटा है कैसे करूँगी कहते मुझे उस्मान बिमतला मिल गए कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन मैंने कहा मदीने कले जाओगी मैंने कहा जाना तो है ना कोई साथ चले न चले पर शहरे रसूल तो जाना है ना आप फरमाती मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा मेरे ऊँट की लगाम थाम ली जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना ऊँट बिठा के चले जाते थे मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते सोना होता था तो ऊँट बिठा देते मैं उतर जाती वो दूर जाके लेट जाते फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने इसबाब पैदा किया और मैं मदीना पहुंची मैं शोहर से मिली और लोगो मेरे नसीब देखो मैं रहने कहा लगी हुजूर के मदीने में शहरे रसूल में शहर रह पाए नजर होश में आ ये कु नबी है मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले कहती है मैं वहाँ बसने लगी आप फरमाती है मुसलमानों शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ किसी ने ना सही हो पर देखो एक साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा सबर की उम्र एक साल हुई तब तो रब ने बंदोबस्त किया फिर मेरे घर वाले भी न हो गए ससुराल वाले भी नरम हो गए रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया फिर मेरा शोहर तक भी मैं पहुंच गई मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ एक साल मैंने सब्र किया था रब ने मुझे, मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना था फरमा दिया लेकिन जो बंदा सब्र ही ना कर पाए जो सब्र ही न जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूं बड़ी देर हो गई बड़ा टाइम हो गया कब जाके मसला हल होगा वो जो आपने बताया था वो तवीज़ कब असर करेगा वो दुआ कब कबूल होगी वो फलाना मामला कब भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं बंदा तो कोई इतला ही देगा पैगाम ही देगा दुआ ही करेगा अगर ज़िंदगी में हौसला ही नहीं होगा अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में देखिए कुछ ऐसी अजियतें होती हैं जो अजीयतनाक होती हैं लेकिन अगर ग़ुला में आ जाए ना आप तो वह अजीयतनाक नहीं होती उस चुबन में मज़ा आने लगता है कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं कई दर्द भी कभी ज़ख्म ठीक होने पर आ जाए ना तो छेड़ो तो मज़ा आता है इसलिए कि कुछ दर्द भी मज़ेदार होते हैं आतिश से किसी ने कहा तो रोता बड़ा है उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ अभी तो एक दिल है मेरी तो ख्वाहिश थी कभी दो होते ना तो सही करके तड़पता रब ने दिल एक बनाया कहते वो मजा दिया है तड़पने के मेरी यार है यार रब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता दर्द में भी मजा है पर शर्त ये है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें हम ना आराम में जीना चाहते हैं पंखे के नीचे जीना चाहते हैं काश कि हमें सहरा में भी नींद का मजा लेने का तरीका आए फिर जिंदगी के सारे रस्ते आसान है फिर एक करा भी मुश्किल नहीं चूंकि हौसला नहीं सबर नहीं वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुताबा है के मौके पे ना नबी पाकम ने जो शर्तें काफिलों के साथ तय की थी ना हजूर ने नूर बसीत से की थी ना तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतेह के बाब खोल दिए इन फते हम मुबीना एक शर्त यह थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे रख लेंगे फिर गौर करें कि मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्जी के बग़ैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे तो मेरे भाई महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए दुख भी कबूल करना चाहिए दुख भी कबूल करना चाहिए हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं कड़वी कड़वी के ख़ायल नहीं अगर वो कभी दुख ना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो हाँ हाँ उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो वो चुभेगा नहीं इन मज़ा ही देगा वो कबूल तो करो ना तो अब हजरत अबू बशीर रदी अल्लाह तुम एक सियाबी थे एक तो हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह तु थे ना तो वो तो हदैैबिया में आ गए मुझे ले जाएं तो नबी पाग ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है उनको भी हजूर ने वापस भेज दिया और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए यारसुल्लाह मुझे कबूल कर ले मैं भाग आया जाऊं वो बड़ा जुल्म करते हैं मारते हैं तकलीफ देते हैं वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने एक दो बंदे भी भेज दिए रुका दे के, के यारसुल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं ये आए और रुका भी आ गया अब जरा मंजर को समझे हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी नानवे बातें मानी हैं एक नहीं मानी लहजा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं लेकिन यहाँ क्या कैफियत है बंदा रो रहा है तड़प रहा है हजूर में मार से बचता हुआ आया हूँ जेल तोड़ के आया हूँ मुझे कबूल कर लें उधर रुका आ गया कि आपका वादा था रखेंगे नहीं अब ये कितना मुश्किल मसला है लेकिन रसूल पाक अलात सलाम ने फरमाया अबू वसीर मैंने वादा किया यार तुझे वापस जाना पड़ेगा होई होई होई। लोग तो कहते हैं ना कि पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ लिया मेरी ही गई छुट्टी हो गई माहौल ही बड़ा अजीब ने फिर मैं वापस जाार मेणा फिर उन्होंने चोली पा लीए मेणे ना जेकर यार दे नाम दा। सामने वाले ने ताना समझ के दिया था पर यार के नाम का था ना उसने कहा लाश है सोने के नाम का है ना हुआ तो क्या हुआ जेकर यार देना ओनू झोली पा लीए पूजे सुटीए ना जेकर यार दे दिले सूली फिर झूठा झूठ लिशा अटिए ना झूठा झूठ लीए अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज है ना कहता है ये भी मेरे लिए झूला ही है ये भी आराम की जगह ही है झूठा झूठ लीए तो पिछा अटिए ना हजरत अबू बसीर अदी अल्लाह तुम से जूर में फिर मैं वापस जाना है ठीक है कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं यह भी मेरे महबूब का हुक्म ही है है और क्या बात है मेरे नबी नबीवादों के पक्के हैं क्या बात है ने जो कहा करके दिखाया कहते मैं वापस जा रहा था एक दो बंदे साथ थे जब मदीने की हद गुजर गई ना हजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोनी है तो दिखाना उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काटती दूसरा वैसे ही भाग गया बाग्य हजूर के पास आया जी उसने तो मार दिया तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना तुम तो उसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है अब हजरत अबू बशीर अदी अल्लाह तला वापस आया उसकी हजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म हैजूर ने फरमाया है, मियाँ हुक्म वही है मदीने में हम नहीं रख सकते तुम मदीने में सबा थे ना हजूर की बातों से खुशबू लेते थे मदीने में नहीं रख सकते हजरत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया उस जगह चला गया जो न मक्के की रियासत में था न मदीने की एक मकान में ईस्ट था जहां मीठे पानी के कुएं थे वहां रहने लगा हजरत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया वो भी जेल तोड़ के आ गए सत्तर बंदे आ गए वहां से काफले गुजरते थे काफिरों के ये भी मुसलमानों को तंग करते थे अगर मक्के से कोई काफिला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा काफिर का माल माले गलीमत असबाब बन गया और वो जब काफिला लेके आते थे तो डरे होते थे और इनको तो सताया था ना कहते हैं, हमें सताया बड़ा था हम तो इनकलाबी बन गए थे हम तो रख लेते ना बड़ी मिन्नत करते बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते सत्तर बंदे हो गए फिर 300 हो गए तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे हम तड़पते थे रुत लग गई है फेर बाहर आधी चिट्ठियां मदीने वा नहीं हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले रोज रात को रोते तड़पते 300 सौ इनकलाबियों का जत्था सबर से बैठा है मदीना की सरहद पर अंदर आने की इजाजत नहीं पर गुलामी में रोज इजाफा हो रहा सबर देखो गुलामी में रोज इजाफा होता है तंग आ गए काफिर पहले बड़ी ढींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हजूर मेहरबानी करें यह शर्त तो खत्म करें और इन तीन सौ को तो मदीने बुलाए मेहरबानी फरमाएं बड़े खुश हुए आज गुलामों के नाम पे ग लिखा गुलामों के नाम पेगाम लिखा चिट्ठी लिखी हुजूर ने चिट्ठी किस चीज की लिखी आ जाओ यार मदीने आ जाओ चिट्ठी आई मदीने आने के लिए हजरत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई आजा जा यार मदीने आ जा तेरे नाम पैगाम सब आलाई है सरकारी नबी से और आया है भुलावा मुझे दरबार नबी से पैगाम आया हजरत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नजा का आलम था लेकिन उस आलम में भी इंतजार था उस आखिरी वेले अखियां मेरिया रा तकनाए तेरा तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना जे पा एक फेरा ते ते ते सिर मेरे ते आन में ते फिर पर्दा रह जाई मेरा सौखा निकले जा पढ़ा रहे मुख तेरा हजरत अबू बशीर को ना वो रुका गया हजूर की चिट्ठी गई तो यूं चिट्ठी पड़ी हजूर में वर्मा आजा ना रास्ता खुल गया है तू आ खुल गया रस्ता दुआ फरमाओ मदीने के रस्ते खोल जाए करो ना यार दुआ मदीने के रस्ते खोल जाए कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए दुआ करो रास्ते खोल जाए हजूर में फरमा आ तेरा रहा खोल गया हजरत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था हजरत अबू बसीर के खात पड़ा मुस्कुराए इशारे से कहने के देख मेरे नबी का खाता है जूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है पढ़ना मैंने भी पढ़ी पहले रोए फिर कलमा पढ़ा फिर मेरा हाथ थामा रोई परवास कर गई हमेशा के लिए हमेशा के लिए वो जाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुंचे पर कबर में गए तो मदीने वाले की ज्यारत नसीब हो।, हो गई कबर में हुजूर की ज्यारत नसीब हो गई कबर में हजरत अबू जंगल कहता मैंने जनाजा पढ़ा और उसी मकाम पर जहां उन्होंने इंतजार किया था ना वो मकाम में इंतज़ार उनका मजार बना मजार के साथ मस्जिद बनी मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बशीर रखा गया उन्होंने उस इंतज़ार में जान दे दी पर सब्र किया शिकवाबा शिकवा नहीं किया यारो इतनी शिकायतें इतनी शिकायतें इतने शिकवे एक बात मेरा और करने को दिल कर रहा है एक सियाबित आसम बिर साबित रजी अल्लाह तंगे वहद में ना हज़ूर के हाथ पे मौत की बात की चंगे ओहद में बैत की सोने आ, तेरे नाम पे मरना के लड़े सलाफा बिन साद के दो बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने उसने कसम खाई कि अल्लाह में इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी सलाफा बिन साद ने ये कसम खाई कि मेरे दो बेटे कत्ल किए हैं मैं इनकी खोपड़ी में शराब पियूंगी माजल एक कबीला है अजील था उन्होंने वहद के बाद हजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें हमने कुरान सीखना है तो नबी पाग ने कुछ बंदे भेजे तो आसम बिन साबत को भी भेजा लेकिन उन्होंने धोखा किया वहां जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हजरत आसम बिन सबत ने तलवार निकाल ली फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी हो के जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं काफिर कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है और मैं फरमाएर करूंगा और करके दिखाऊंगा मैं डटूंगा और तुम्हें डटके अकेला बंदा मैदान में डट गया अकेला जब तीर खत्म हो गए तो फिर ने बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं तो ये आखिर में याद रखें कि आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाए हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाए अकेले लड़े तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया खूब लड़े अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज अल्लाह खोपड़ी मंगानी है सार मंगाना है और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ ये भी बेचने ले जा रहे थे तो जब थक गए ना और चारों जानब से जिसम में तीर पे वस्त हो गए तो दुआ मांगी अकेला बंदा और सबर का मकान दुआ मांगी का है अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है अब तू मेरे जिसम की हिफाजत करना इनके हथे ना चढ़ गया मेरा जिसम हजरत आसन दिन साबित रजी अल्लाह शहीद हो गए काफिर करीब गए जिसम पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए सर काटने के लिए तो शायद की मक्खियाँ आ गई पूरे जिसम पे कब्जा कर लिया करीब जाते तो मक्खियाँ लड़ती कहने लगे पीछे हट जाओ शाम होगी ना तोड़ जाएंगी फिर हम सर काट लेंगे शाम तक चारों जाने बैठे रहे ना कोई हवा आई ना कोई बादल बरसा ना कोई तूफान आया शाम को इन्होंने उठाना था एक रेला आया पानी का और जनाबे आसम बिन सबत की लाश लाशारों को बहा के ले गया मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सबर करे ना रब उसके जिस्म